अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फोटो में आपको पाउंड डॉलर और रुपीज का साइन दिखाई दे रहा है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पंद्रह ऑप्शन बी दस ऑप्शन सी सोलह या ऑप्शन डी आठ निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर